रीवा में सदियों पुराने जन्माष्टमी मेले की अनुमति नहीं मिलने पर रियासत के महाराज पुष्पराज सिंह और सिरमौर से भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह धरने पर बैठ गए उनका कहना है कि जब तक प्रशासन आस्था से खिलवाड़ बंद नहीं करेगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे महाराज पुष्पराज सिंह और भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह ने बांधवगढ़ पार्क के ताला गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है हर वर्ष जन्माष्टमी पर बांधवगढ़ के किले में ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है लेकिन इस वर्ष पार्क प्रबंधन ने उसकी अनुमति नहीं दी है जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है वहीं जन्माष्टमी को लेकर उपजे विवाद में विधायक और प्रशासन के बीच नोकझोक भी हुई जिस पर विधायक दिव्यराज ने कहा कि जब अमरनाथ यात्रा हो सकती है तो बांधवगढ़ में जन्माष्टमी मेला क्यों नहीं बंदूकों से हमें डराया जा रहा है पुलिस हमारे लोगो को धरना स्थल से उठा ले गई हम यहां से बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे रविंद्रनाथ टेगोर यूनिवर्सिटी दर्स इन स्किल डेवलपमेंट